दोस्तों हमारा यह ब्रह्मांड इतना विशाल और इतना रहस्यमई है और इसी रहस्यमई ब्रह्मांड के बारे में जानने की जिज्ञासा हमें तक लेके गई और इसी ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं अनेकों हजारों रहस्य तो आइए आज इन्हीं में से एक रहस्य के बारे में बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि अगर स्पेस को पूरी तरीके से हवे से भर दिया जाए तो क्या होगा तो आइए आज जानते हैं इसी के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्या आप जानते हैं कि आप कितने भी कोशिश कर ले कितने भी साइंस का यूज़ कर ले पर आप प्रैक्टिकली कभी भी एक परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते यानी कि आप कभी भी एक ऐसा स्पेस नहीं बना सकते जहां कोई भी मैटर यानी पदार्थ या पार्टिकल्स न हो और यही वजह है कि वैज्ञानिक भी पार्शियल वैक्यूम या फ्री स्पेस जैसी चीज़ों को ही प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं बात की जाए आउटर स्पेस यानी ब्राह्य अंतरिक्ष की तो ये सच में एक हाई क्वालिटी वैक्यूम जरूर है पर इधर भी बेहद कम मात्रा में हाइड्रोजन एंड हीलियम पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैग्नेटिक फील्ड्स और न्यूट्रनस डस्ट एंड कॉस्मिक रेज जैसे और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं पृथ्वी से हम जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है जिसकी वजह से लाइट गैसेस लाइक हेलियम एंड हाइड्रोजन के बेहद ही कम पार्टिकल्स हमें इंटस्ट्रियल स्पेस में मिलते हैं यानी ये कहिए कि आउटर स्पेस में ऑलमोस्ट एयर यानी हवा है ही नहीं क्योंकि जिसकी वजह से ये एक हार्ड वैक्यूम भी कहा जाता है पर अब ज़रा सोचिए और दिमाग लगाइए कि आखिर क्या होगा अगर पृथ्वी के वायुमंडल में यानी एटमोस्फेयर में अंतरिक्ष में हवा मौजूद हो जहां एयर डेंसिटी भी सेम एटमोस्फेरिक एयर जितनी हो क्या होगा अगर आउटर स्पेस को एयर से फील यानि भर दिया जाए अब अगर स्पेस में एयर यानी हवा होगी तो इस सभी चीज़ों की समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी और स्पेस में घूमना बेहद आसान हो जाएगा हालांकि रेडिएशंस, सोलर विंड से बचने के लिए हो सकता है कि हमें सूट्स की जरूरत पड़े पर इतना ज़रूर है कि स्पेस मिशन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी और साथ ही स्पेस कोलोलाइजेशन भी पॉसिबल हो पाएगा यानी आप एक प्लैनट से दूसरे प्लानट या चंद्रमा पर आसानी से जा सकेंगे और साथ ही हमारे स्पेस रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च की स्पीड भी बढ़ जाएगी है ना ये काफ़ी कमाल की बात खैर ये तो कुछ थोड़ी सी अच्छी खबर थी जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी होगा पर असली चेहरा और सच तो अब आपके सामने आने वाला है अंतरिक्ष कर देगा आपको बहरा सबसे पहले स्पेस में हो रहे कई तरह से फेनोमिना लाइक सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स एस्ट्रॉइड कोलोजन आदि जैसे बड़े और भयानक प्रोसेस से होने वाली आवाज आपको सुनाई देगी क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है फिर भी वो चाहे एयर यानी हवा ही क्यों ना हो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सन यानी सूर्य को एक अप्रोप्रियट डिस्टेंस पर भी होंगे तो आपको दो सौ जितनी लाउड साउंड सुनाई देगी जो जो आपको आपको बड़ी आसानी से बहरा कर सकती है, है, अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं और स्पेस में एयर तो ऑन एवरेज 125 डेसिबल्स लाउड साउंड सुनाई देगी, जो आपके हर पल परेशान करती रहेगी सभी ग्रह को ग्र, सभी ग्रह हो जाएंगे नष्ट बुरी खबर ये भी होगी कि एयर होने की वजह से आउटर स्पेस में फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस जैसी चीजें आम हो जाएंगी जिनके प्रभाव भयानक साबित हो सकते हैं सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वजह से स्पेस में हमारी स्पीड काफी लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि अगर हम हायर स्पीड पर ट्रेवल कर करने लग जाएंगे तो एयर एंड फ्रिक्शन की वजह से कोई भी हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक स्पेसशिप आसानी से जल सकता है प्लैनेट्स पर तो ये प्रभाव और भी ज्यादा खतरनाक होंगे हमारी पृथ्वी की ऑर्बिटल स्पीड लगभग 18.5 पर सेकेंड है। तो इतनी ज्यादा लगातार कम होने लगेगी जिसका परिणाम ये होगा की सभी प्लेनेट अपने अपने स्टार्स में स्पेल करते हुए गिरने लगेंगे यानी हमारी ओर यानी हमारी पृथ्वी और बाकी के प्लैनेट अपने ऑर्बिटल मोशन के दौरान सूर्य की ओर बढ़ रहे होंगे आपका शरीर भी टूट जाएगा पर अभी तो हमने और रेजिस्टेंस की बात की है तो आउटर स्पेस की, की वजह से स्पेस में तरफ होने जो इतनी ज्यादा मात्रा में होंगे की इनका भार और दबाव हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी आसानी से इस दबाव के कारण टूटने लगेगी आउटर स्पेस में एयर होने की वजह से अब ये वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्योंकि हर तरफ एयर मॉल एंड अदर पार्टिकल्स घूम रहे होंगे लंबे समय के दौरान एयर मॉल और पार्टिकल्स में होने वाली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से एक ह्यूज मास क्रिएट होने लगेगा जो शायद किसी स्टार या गैलेक्सी को ही जन्म दे दे सबसे भयंकर महाविनाश भी संभव है फिजिक्स के नियमों के मुताबिक जब पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो ये एक एक शेप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, हैं। यानी फाइनली ये एक बबल में में कन्वर्ट हो जाते ठीक इसी तरह आउटर स्पेस मौजूद सभी ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लांट हो या स्टार, ग्रेविटी की वजह से एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर देंगे क्योंकि इन सभी ऑब्जेक्ट के बीच में अब एयर मॉल इंटरक्ट कर रहे हैं जो ऑब्वियसली मैटर की ही है स्पेस फील्ड विथ एयर यानी पूरा मैटर आपस में इंट्रैक्ट करते हुए एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे जो किसी भी मैसिव ब्लैक होल की तरह नजर आएगा। हालांकि ऐसा होने में बेहद लंबा समय जरूर लगेगा तो ब्लैक होल फॉर्मिशन की संभावना जरूर होगी जो सब कुछ खत्म कर देगा दोस्तों ये तो कुछ ऐसे परिणाम थे जो मोटे तौर पर हमें नजर आएंगे अगर आउटर स्पेस को एयर भर दिया जाए फिलहाल खैर मनाइए कि आउटर स्पेस एक हाई क्वालिटी वैक्यूम है वरना अगर इसमें भी एटमोस्फेयर की तरह हवा मौजूद होती तो परिणाम किसी भयंकर और महाविनाश से एक कम नहीं होता